नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों को प्यार भरा नमस्कार पूजनीय माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत और लगन के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके जैसे आज हम सब सीखेंगे अपने महापुरुषों द्वारा बताए गए पाचन क्रिया सुधारने की विधि कुछ नौजवान साथी का ऐसा प्रश्न है क्या कुछ हम ऐसा विधि करें ताकि हमारा पाचन क्रिया इतनी अधिक प्रबल हो कि जो कुछ भी हम खाएं आसानी से पच जाए तो हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने बहुत ही सरल और आसान विधि बताए और सबसे कमाल की बात तो यह है कि समय भी बहुत कम लगता है ज्यादा ज्यादा आठ से दस मिनट इसमें हम सबका समय लगता है तो सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद इस विधि को करनी है और कुछ नौजवान साथी इस विधि को ना करें जिनका कि पेट में अल्सर हो रखा है या ऑपरेशन है या वो बहने जो गर्भवती हैं उनके लिए ये निषेध है वो ना करें इस विधि को बाकी नौजवान साथी के लिए यह विधि तो लगेगा कि नहीं इस विधि में स्वास्थ्य के साथ साथ तो सब सुख समाय और बहुत ही सरल और आसान सुबह सुबह फ्रेश हो लिये और इस तरह से मुट्ठी बांध लेंगे और पांच मिनट लगातार दौड़ लगा ली पांच मिनट इस तरह से दौड़ लगा लिए और फिर थोड़ा सा रेस्ट कर और शरीर जब लगे कि अब आराम महसूस पूरा श्वास का गति समान हो गया तो फिर दूसरी विधि शुरू करेंगे। इस तरह से पंजा जमीन पर टिका दीजिए और आसपास में तकिया रख लीजिए ताकि शुरू शुरू में हो सकता है कि हम इधर उधर घिर सकते हैं लेकिन अभ्यास हो जाने के बाद फिर कोई समस्या नहीं पंजा इस तरह से जमीन पर टिका दिए और कोहनी को नाभि के आसपास ले जाने ले जाके सटा देनी है कोहनी को नाभि के आसपास सटा के और धीरे-धीरे ऊपर नाभि में कोहनी सटा हुआ हो श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए चलिए अब ध्यान से देखिएगा अब हम सब इस विधि को सीखेंगे कोहनी को इस तरह से नाभि में सटा दिए अब पैर को तो धीरे धीरे ऊपर अभी इधर से देख लीजिए शुरू शुरू नए अभ्यासी जो होंगे वो दो तीन सेकेंड ही करेंगे धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पाँच सेकेंड दस सेकेंड फिर कुछ दिन अभ्यास हो जाए तो एक मिनट तक भी कर सकते हैं और दस दस सेकेंड शुरू में तीन बार चार बार कर लिए फिर जब पूरा अभ्यास हो जाएगा तो आप एक एक मिनट एक मिनट कीजिएगा फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा फिर एक मिनट कीजिएगा फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा फिर एक मिनट कीजिएगा इस तरह से तीन मिनट जब काफी अभ्यास हो जाए उसके बाद शुरू शुरू में पांच पांच सेकेंड ही तीन बार कीजिए दस दस सेकेंड ही तीन बार कीजिए इस तरह से शुरू कीजिए इसको बढ़ाते बढ़ाते एक मिनट तक भी कर सकते हैं एक एक मिनट तीन बार तीन मिनट कीजिए और इस विधि का लाभ एक गार्जियन कल आए हुए थे वह तीन महीना पहले भी आए थे वो अपने लड़का को लेकर आए तीन महीना पहले पेट कब्ज गैस पाचन क्रिया संबंधी इतना वो लड़का परेशान था उनका वो दवा खिला खिला के भी परेशान थे काफ़ी दवा खिलाए लेकिन फिर भी गैस कब्ज और पेट हमेशा उसका भरा भरा सा रहता था तो तीन महीना पहले जब आए तो बोले कि दवा खिला तो हम परेशान हैं और पेट के गर्मी के कारण चेहरा भी काफी डल पूरा बर्रे फूंसी भरा हुआ था चेहरा में तो इस विधि को वो सीखे और लगातार वो करते रहे तो दो तीन महीना करने के बाद जब वो कल आए तो बता रहे थे कि इस विधि में तो स्वास्थ्य और सारा सुख समाहित है ये हमारे ऋषि मुनि का तो ये चमत्कारी विधि जब से ये विधि करना शुरू किया है दवा के खर्चा तो खत्म ही हो गया साथ में क्रीम और पाउडर और फेस वाश का भी खर्चा कम गया इसका चेहरा इतना खराब दिखता था कि जब भी घर से ही निकलता था तो हमेशा क्रीम और पाउडर और फेसवाश पर इसका ध्यान उसके बाद ही लगा हुआ कि बाहर घर से निकलता लेकिन आज इसका इस विधि को करने से पेट का सारा गर्मी जहर खत्म हो गया पाचन क्रिया भी इतनी अधिक प्रबल हो गई कि इसका खाना काफ़ी आसानी से पचता है कब्ज भी अब इसका ठीक पढ़ाई लिखाई भी ढंग से करता है वो तो लड़का बता रहा था कि अब जो पढ़ते हूँ याद भी थोड़ा ज़्यादा कम समय में हम काफी के के याद भी भी कुछ कर कर लेते हैं। तो इस विधि को सीख गया सिर्फ पाचन क्रिया सुधारने लिए अनेक लाभ बता रहा विद्यार्थी कि चेहरा अब ठीक ठाक एकदम रौनक ऐसा लग रहा था कि कौन सा क्रीम लगाए हुए हो। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत ही विवेकी और बुद्धिजीवी थे पूरा जीवन मानव जाति के लिए बिताए वो कैसे सुखमय हमारा आने वाला ही बीतेगा लेकिन आज हम थोड़ा सा नजरअंदाज कर रहे हैं इसलिए तरह तरह की समस्या से हम परेशान होते हैं तो आप सभी नौजवान साथी से मेरा यह निवेदन है कि हम इस विधि को अपनाएं और अपनाकर अपना जीवन हम ऐसा बनाएं, आप ऐसा जीवन अपना बनाइए कि पूरा विश्व आपका अनुकरण इसी के साथ आप सभी नौजवान साथी को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत